सोना, काम करने करने दो, कीबोर्ड को क्या क्या क्या क्या कर कर कर कर कर रहे रहे रहे रहे हो हो हो? आप? आप? अरे ये लड़की मुझे काम करने के। सोना? हाँ कर सोना? काम ये। कर क्या कर रहे हो? <ुण>। काम देगी पापा हैं? मैं नहीं करूंगा बड़ी काम करने वाली हैं। पापा क्या कर रहे हैं? तो करेगी काम है, है? तो मार खाएगी हाँ मार खाएगी अरे बन रही अपना इंजीनियर चल <laughs> किसी अंगलिया कुमारी बन रही है हैं तो बोलो गुड नाइट नहीं। सोड़ा बोलो, सोड़ा सोना सोना सोना सोना नहीं बोलो चलो सोना काम करने लड़की मुझे काम करना है आके बैठ गई है मेरे उपर, है मेरे ऊपर एक की रबड़ कहाँ गई पता नहीं कहाँ गई इसकी एक निकाल के फेंक दी थी थोड़ा नीचे खेलेगी ये थोड़ा नीचे, तो नीचे, नीचे, नीचे, खेले नीचे नीचे खेलेगा खेलेगी मम्मी तो, हाँ मम्मी के साथ के, मम्मी के साथ साथ खेलोगे? आ जाओ इधर आ जाओ। चल आएगी थप्पड़ खाएगी तू, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़ खाएगी। खाएगी खाएगी आ आ आ, इदर, आ आ इधर, इधर इधर, इधर इधर मम्मी मम्मी मम्मी ने ने ने? मार दिया। किसने मारा? मारा, मारा अभी। कैसे पीटी कर दी। इदर, इदर आ, बेटी करेंगे ना आ, कैसे डांस डांस कर रहे कर करो करो करो बम बम मामा अच्छा ना काम नहीं करूँ आज मैं काम नहीं करना मुझे गुस्से गुस्से में देख रही मेरी देखते हैं। आलम हो गया कैसे तेरे लिए काम नहीं तो। तो खाएगी काम करके तो आएगी चीज अपनी नाली को करिए परेशान जाके मान के वहां जाएगी ना मानी वहां करिए दियो कभी जो कपड़े दे। अच्छा, जाने तुम खिलौने जा खेल जाते को। बाय बाय कर दो बाय बाय। बाय, गुड नाइट बाय करो बाय करो बाय तो करो क्या काटा कर <laughs>